नमस्कार साथियों आरके टेक्निकल गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2023 से रिलेटेड 2022 में जो एक बड़ी अपडेट आई हुई थी उससे रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है और इसमें जो है कि वैकेंसी का नया तरीका और कब से इसका आवेदन लिया जाएगा उन सारी बातों पर चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया तक देखते रहें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि ज़्यादा से व्यक्तियों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल पाए और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो तो मैं चलता हूं आरके टेक्निकल गुरु का ऑफिशियल वेबसाइट में जो गुरु सोल्यूशन डॉट ब्लॉक है उस वेबसाइट पर आने के बाद आपको मिल जाएगा एक आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बिहार आंगनबाड़ी वैकेंसी दो बिहार में आंगनबाड़ी की बहाली पांच पदों पर है ना ये इस पर एक छोटा सा आर्टिकल मैं लिखकर दे दिया हूँ तो वहाँ से आप आर्टिकल जाकर बारीकी से पढ़ सकते हैं इसमें क्या बड़ी वैकेंसियाँ हैं और इससे रिलेटेड क्या अपडेट है वो भी उससे रिलेटेड भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो आप इस आर्टिकल में आएंगे तो आर्टिकल में आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिख जाएगा अप्लीकेशन फी दिख जाएगा क्वालिफिकेशन दिख जाएगा देन टोटल पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है पाँच प्लस है ठीक है इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुका हूँ तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बटन में और आई बटन में टैग कर दूंगा तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं ठीक है तो इससे रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है इसमें रिलेटेड क्या है अपडेट क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे सहायिका के लिए मैट्रिक न्यूनतम योग्यता जिला स्तर पर लिए जाएंगे आवेदन ठीक है ये तो पुराना वाला इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को मैंने एक ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाकर दे दिया हूँ तो आप सेकेंड जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो यहाँ पे आएंगे तो आप आपको दिखेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट में आ तो एप्लीकेशन स्टार्ट मतलब अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी की गई है ठीक है और इसमें इसका जब जैसे ही नोटिफिकेशन मतलब अपलिकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी आ जाएगी तो इस वेबसाइट पर भी मैं अपडेट कर दूंगा तो आप यहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है तो इसमें जो है मतलब इंटर और मैट्रिक के ही छात्राएँ जो महिलाएँ हैं वही इसमें भर सकती हैं और साथ ही इसमें बिहार जो जिला स्तरीय इसका वैकेंसियाँ आने वाली है पहले क्या होता था कि प्रखंड लेवल पे इसका जो है कि चुनाव हो जाता था लेकिन इस बार जिला स्तरीय ऑनलाइन आवेदन होना है ठीक है इसका आवेदन का भी प्रक्रिया जो है कि इस बार ऑनलाइन होने वाली है और इसमें मैट्रिक और इंटर की महिलाएँ जो हैं जो अठारह से पैंतीस वर्ष के एज के हैं वही आवेदन कर सकते हैं इसमें ठीक है साथ ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको बिहार में आंगनबाड़ी की बहाली दो शैक्षणिक योग्यता ठीक है तो यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर करके दे दिया गया है तो आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और इसमें जो है इस सरकार द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता जो है ये पहले जो था पहले और अभी में क्या कर दिया गया है पहले क्या था आंगनबाड़ी सेविका जो थी मैट्रिक पास भी रहती थी तो उसका आवेदन हो जाता था और उसका सिलेक्शन पूर्ण तरीके से हो जाती थी लेकिन इस बार क्या कर दिया है मार्च मई के बाद Uh, मई 2022 के बाद क्या कर दिया गया उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है बदलाव क्या किया गया है जो सेविकाएं हैं उनके लिए इंटर पास होना अनिवार्य है और जो सहायिका हैं वो पहले आठवीं पास होती थी उसका सिलेक्शन हो जाता था लेकिन इस बार जो सेविकाएं होंगी सहायिकाएं होंगी उसके लिए दसवीं पास यानी मैट्रिक पास होना अनिवार्य रूप से होगा ठीक है तो इसका सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में यहां पे मैं पूरा क्लियर करके दे दिया हूं तो आप यहाँ आएंगे नीचे में एक पेपर का कटिंग मिल जाएगा आपको ठीक है इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो वहां से भी आप इसको जाकर इस कटिंग को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप आएंगे तो ये पेपर का कटिंग में आपको दिखेगा पांच हजार से अधिक सेविका सहायिका की होगी नियुक्ति जो कि ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है पांच जनवरी 2023 का इन्फॉर्मेशन है 23 का पेपर का कटिंग आपको दिखेगा यहाँ पे पांच जनवरी 2023 का पेपर का कटिंग है इसमें देखते हैं क्या बड़ी अपडेट आई हुई है तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा संवाददाता ये पटना के द्वारा जो लेके लिखा गया है ये पेपर में ठीक है तो इसमें देखेंगे राज्य भर में पांच से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल ही नए नियमावली से सेविका और सहायिका की नियुक्तियां की जाएगी ठीक है समाज कल्याण विभाग जो है समाज कल्याण विभाग ने ये प्लेस लीज करके बताया है कि इसको लेकर सभी जिलों में दिशा निर्देश भेज दिया गया है ताकि आंगनवाड़ी केंद्र पर खाली पड़े रिक्तियों को भरा जा सके मतलब यहाँ पे जो है कि कल्याण जो है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा वो सारा प्रेस रिलीज करके जो कि सभी जिले को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया है कि आपके ज़िले में किस किस आंगनबाड़ी केंद्र जो है कि वो खाली है और उसके लिए रिक्तियाँ मांगी गई हैं ठीक है तो वहाँ से जैसे ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो विभाग के मुताबिक राज्य में एक साल मतलब एक जो है एक लाख हैं ठीक है मतलब विभाग के द्वारा जो है टोटल वैकेंसियां जो आने मतलब, मतलब सेंटर जो है एक लाख चौदह हजार स्वीकृतियां हैं लेकिन अभी जो है अभी भी एक लाख सात हजार केंद्रों की संचालन हो रहा है ठीक है मतलब इसका टोटल जो है एक लाख चौदह हजार का पूरा मतलब स्वीकृति किया गया है भारत सरकार के द्वारा लेकिन उसमें जो है एक ही सेंटर जो है वो चल रहा है ठीक है बाकी बचे केंद्रों पर का जो है सभी संचालन करने के लिए केंद्रों पर नियुक्तियाँ की प्रक्रिया तेजी से चल रही है ठीक है मतलब इसमें जो है कि जो 5000 रेस्ट मतलब सेंटर बचा हुआ है उसके लिए भी नियुक्तियाँ जो है जारी कर दी गई है उसका प्रोसेस पूरा चल रहा है पुराने केंद्रों को भी नए जगहों पर किया जाएगा मतलब जो पुराने जगह पर शिफ्ट हैं जो सेंटर आंगनबाड़ी केंद्र उसे नया जगह पर भी शिफ्ट किया जाएगा तो विभाग के मुताबिक बहुत ही बहुत से केंद्रों पर संचालन ऐसे जगहों पर हो किया जा रहा है जहाँ बच्चों की संख्या कम है साथ ही कुछ केंद्र आ, मतलब शहरी इलाकों में हैं और जहाँ छात्र कम आते हैं मतलब आते हैं इन केंद्रों को जो है अभी दूसरे जगहों पर भी शिफ्ट किया जाएगा ठीक है मतलब इसमें क्या है कि पहले जहाँ पे शिफ्ट मतलब सिर्फ थांगनबाड़ी केंद्र लेकिन अब वहाँ से खाई कि वहाँ पे बच्चों बच्चों का जो है कि उपस्थिति कम होती थी लेकिन उस उपस्थिति कम होने के कारण जो कि अब उस सेंटर को कहीं मतलब अन्य जगह पर स्थापित किया जाएगा जहाँ बच्चों का मतलब उपस्थिति जो है इनक्रीज हो या फिर बढ़े ठीक है जहाँ केंद्र की जरूरत है इसके लिए अभी सी इसके लिए जो है सी से इस माह में के अंत तक जो है सूची मांगी गई है मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड है इसका उसके लिए जो है कि सीडीपीओ को सारा कार्यभार दे दिया गया है उसको सारा डिटेल्स जो है कि स्टेट गवर्नमेंट जो इसका समाज कल्याण विभाग है उन्हें सौंपना है उसके द्वारा जैसे ही इसका सारा मतलब रीतियाँ क्लियर हो जाएगी तो इसके बाद डायरेक्ट आपका आवेदन होना चालू हो जाएगा इस बार पूरा क्लियर है पूर्ण तरीके से अब जिला स्तरीय ऑनलाइन आवेदन होगा और जो महिलाएं इंटर और मैट्रिक पास हैं उन्हीं का इस बार सलेक्शन होना है पहले क्या था कि आठवीं और आठवीं जो पास होती थी और मैट्रिक पास जो होती थी उसका सिलेक्शन हो जाता था ठीक है लेकिन इस बार जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है मानदेय भी बढ़ा दी गई है जिसमें कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए छप्पन रुपए और मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए चवालीस रुपए होगा और सहायिका के लिए जो है अट्ठाईस तय की गई है पूर्ण तरीके से यह पूरा क्लियर कर दिया गया है कि इस बार का जो वैकेंसियां आने वाली है बहुत तगड़ा वैकेसियां हैं और जो महिलाएं इसके लिए इच्छुक हैं इंतजार कर रही हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को जरूर देख ले है क्या मतलब क्या अपडेट है और इसका आवेदन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं एक और उस पर वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाकर दे दूंगा मतलब आवेदन कैसे करना है और कब से स्टार्ट हो जाएगा वो सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना हो तो आप गुरु सोल्यूशन के जो ऑफिशियल बे, वेबसाइट है आरके का गुरु इस पर भी आकर विजिट कर सकते हैं और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इससे पहले जो मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाकर दे दिया था उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा साथ इस चैनल मतलब वेबसाइट का भी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो से आप जाकर चेक कर सकते हैं बस आंगनबाड़ी से रिलेटेड ये बहुत बड़ी अपडेट थी जिससे रिलेटेड जो कि कि सरकार भी पूरा मन बना लिये कि अब इस बार लेनी है और इसका चयन प्रक्रिया भी चेंज कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन होगा उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा वाल्किन इंटरव्यू या फिर एग्जाम जो भी होना होगा वो होगा उसके बाद ही सिलेक्शन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी चले दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन दो जो कि आप लोगों तक पहुंचाना था तो जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को या फिर महिलाओं को इसका इन्फॉर्मेशन मिले और वो सब समय अपना आवेदन कर पाए चलो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा तब तक के लिए धन्यवाद